स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पे दिनांक 31 जुलाई 2018 का दैनिक राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है इस पर हम से चर्चा करेंगे साथ साथ मेष से लेकर मीन राशि तक के हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं शुभ अंक शुभ रंग और महा उपाय क्या हो सकता है आप लोगों के लिए इस पर आज हम चर्चा करेंगे आगे बढ़ें उससे पहले बताना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बना जो बेल आइकन है इसको आप लोग जरूर दबाएं ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक पहुंचती रहे दर्शकों ये हमारा राशिफल अब दोनों पर आधारित रहता है जन्म राशि पर भी और आपके नाम राशि पर भी आधारित रहता है तो आप लोग दोनों उससे देख सकते हैं इसके साथ साथ दर्शकों यदि दिल्ली में आप मिलना चाहते हैं 18 और 19 अगस्त को तो आप बिल्कुल मिल सकते हैं स्वागत है आपका मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा आप बुक करा लीजिए आप बुक करा लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया हुआ है समस्याएं आपकी रहेंगी समाधान हमारा रहेगा इतनी आइएगा और दर्शकों एक बात और बताएंगे श्रावण मास चूंकि चल रहा है तो अब जो हमारे टॉपिक रहेंगे विशेषकर श्रावण मास पर आधारित रहेगा तो उस पर जो है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय अच्छे से अच्छे क्या हो सकते हैं इसको हम आपको बताएंगे तो दर्शकों हमारा लगभग ये परिवार 95,000 का होने वाला है पांच हजार ही अब कम है और जल्दी से जो है आप लोग मेहनत करके अपने इस चैनल को जितना आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए आपके बहुत आभारी रहेंगे क्योंकि ये चैनल हमारा ही नहीं ये चैनल आपका भी है और ये चैनल एक चैनल नहीं है चैनल एक परिवार है अब परिवार को कैसे चलाना है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है तो चलिए दर्शकों अधिक समय ना लेते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो 31 जुलाई का हम पंचांग जो है इस पर दृष्टि डाल लेते हैं तो क्या कहता है आज का पंचांग तो देखिए आज इकतीस जुलाई दो दिन रहेगा मंगलवार और मंगलवार के लिए हमारा ये विक्रम संवत है दो सख संबत 1940 सौ चालीस है अयन जो रहेगा वो दक्षिणायन रहेगा वर्षा ऋतु है श्रावण मास है कृष्ण पक्ष है तृतीय तिथि आठ बजकर चौवालीस मिनट तक है इसके बाद हमारी चतुर्थी तिथि लग जाएगी एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों शतभिसा नक्षत्र नौ बजकर दस मिनट प्रातः रहेगा राहु का ये नक्षत्र है और इसके उपरांत पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा पूर्व भादपत जो नक्षत्र है ये हमारा देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है देखिए शुभम मिश्रा जी लिखते हैं पाए लगी भैया जी तो शुभम बाबू पाए लगी ईश्वर आपका कल्याण करें माता रानी आपका कल्याण करें चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त की यदि हम बात करें तो प्रातः पांच बजकर पर सूर्योदय होगा और शाम को छह पर सूर्यास्त होगा राहुकाल की यदि हम बात करें तो पंद्रह बजकर इकतीस मिनट से सत्रह बजकर ग्यारह मिनट तक की राहु काल रहेगा यह काल हमारा दर्शकों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को मानक मानकर बनाया गया है देश देशकाल परिस्थिति में थोड़ा सा भिन्न हो जा सकता है 10-15 20 मिनट आधे घंटे का टाइम डिफरेंस हो सकता है तो आप लोग अपने अपने जो है कॉलिंग देख लीजिएगा हमारी वेबसाइट बन रही है उस पर भी पंचांग पूरा रहेगा तो आप आगे जाकर देख सकते हैं एक हम शुभ योग बता देते हैं इस योग में आप कोई भी कार्य कर सकते हैं विजय मुहूर्त बताए देते हैं तो बारह बजकर तैतीस मिनट से बारह बजकर सत्तावन मिनट के बीच आप कोई भी कार्य कर लेंगे तो आपकी विजय होगी तो दर्शकों चूंकि देखिए तृतीया और चतुर्थी तिथि दोनों आज लग रही है तो तृतीया तिथि में हमने आपको कल भी बताया था कि नमक का सेवन नहीं करना होता है तो खैर ठीक है लेकिन जो तो चतुर्थी तिथि है चतुर्थी तिथि में विशेषकर मूली का दान और मूली का भच्छर भक्षर मतलब होता है खाना सेवन करना तो मूली का सेवन और मूली का दान करना दोनों ही मनाही है शास्त्रों में चतुर्थी को मूली और तिल दोनों का दान और भक्षर तिल का भी आप दान नहीं कर सकते तिल का भी आप भच्छा नहीं कह सकते हैं तृतीय तिथि एक सबिला और आरोग्यकारी तिथि मानी गई है इसकी स्वामी जो है वो हमारी गौरी माँ है और जो इसके देव है वो कुबेर देवता है जया नाम से विख्यात या तिथि शुक्ल पक्ष में अशुभ और कृष्ण पक्ष में काफी शुभ मानी जाती है तृतीय तिथि दर्शकों यदि बुधवार को पड़े तो अशुभ मानी जाती है अन्यथा इस तिथि में आप शुभ कार्यों को कर सकते हैं मां गौरी की पूजा आराधना करके विशेष आराधना आज आप पा सकते हैं सभी कामनाओं की पूर्ति हो सकती है जिन हमारे दर्शकों का तृतीय तिथि में अगर जन्म हुआ है तो मानसिक रूप से बहुत ही अस्थिर रहते हैं और स्थिति का जाता आलसी हमने कल भी आपको बताया था कि जल्दी दूसरों से घुलते मिलते नहीं है तो ये सब इनकी विशेषताएं होती हैं तो मंगलवार को किसी को कर्ज आप नहीं दीजिएगा कोई नए कपड़े ना खरीदिएगा और ना पहली बार पहनिएगा वाहन और भूमि भी मुहूर्त देखकर ही आपको खरीदना रहेगा अगर मंगलवार के दिन आप तेल मालिक शरीर में तेल लगाते हैं तो मुहूर्त गणपति में लिखा है कि व्यक्ति की आयु इसमें घटती है कम होती है मंगलवार को दाही बाल भी नहीं बनवाना चाहिए यदि हम दिशाशूल की बात करें तो उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए उत्तर दिशा की ओर आज का दिशाशूल है यदि बहुत ही परमावश्यक है तो गुड़ खाकर आप यात्रा कर सकते हैं तो दर्शकों तो था हमारा जो है आज का पंचांग आप सोच लीजिए इतना बड़ा पंचांग होता है कल हमने आपको बताया था ना पांच अंग जो होते हैं तो इतना ज्यादा पंचांग का अंग होता है चलिए हम राशिफल पर चर्चा कर लेते हैं हमारी पहली राशि आती है मेष राशि तो मेष राशि के जो हमारे जातक रहेंगे इनके लिए कुछ हाथ समस्याएं खड़ी होती हुई नजर आ रही है इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो कोई नए प्रोजेक्ट पर मेष राशि वाले जातक काम कर सकते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे आज नहीं रहेंगे उलझन भरी स्थितियां आज रहेंगी मानसिक परेशानी मानसिक वेदना का सामना करना पड़ सकता है कंपटीशन की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कुछ हद तक की आज आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है जमीन जायदाद खरीदने में आज आपको देखिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी है अन्यथा नुकसान हो सकता है अपने आसपास या साथ के किसी व्यक्ति से लेनदेन की बातें शेयर मत करिए किसी की शिकायत या चुंगली करने से आज बताते हैं। उन में से नहीं कि आपको दो लाइन में राशिफल बता के मुक्ति पाए भले आधे घंटे का हम राशिफल बताते हैं लेकिन हर एक चीज कवर करते हैं आज आपको शुभ कार्य ये करना रहेगा कि माँ गौरी को आज कुछ सुगंधित वस्तु आपको चढ़ानी रहेगी इत्र चढ़ा दीजिएगा और देखिएगा कैसा आपका फिर दिन जाता है शुभ रेड कलर आपका शुभ रहेगा अंक दो आपका शुभ अंक रहेगा के नाम के और जे नाम के लोगों से आज आपको बचकर रहना है इन दो नेम की स्पेलिंग से लोगों से आज, आज आपको बचना रहेगा देखिए इस चीज का भी आज हम समावेश कर रहे हैं वृषभ राशि टोरियस आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो यात्राओं के अवसर आज आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है आपकी मुलाकात खास और प्रभावशाली लोगों से होगी आपको नियमित कामकाज से कुछ समय के लिए छुटकारा मिल सकता है पुराने दोस्तों से मुलाकात के योग बन रहे हैं फायदा भी होगा आपकी ज्यादातर परेशानियां खत्म होती हुई नजर आ रही है जिस काम को आज आप अधूरा समझ रहे हैं वह पूरा हो जाएगा बड़े भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है कुछ मौके और समय आज, आज आप फालतू गवा सकते हैं अपनी आदतों को लेकर आज, आज, आज आपको सीरियस रहना होगा करना क्या है आज आपको भगवान भोलेनाथ पर जल और जल में थोड़ा सा आपको कपूर बहुत विलक्षण प्रयोग है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए थोड़ा सा कपूर डाल दीजिएगा और ओम नमः शिवाय के मंत्र से आपको जो है अभिषेक करना रहेगा ब्लू कलर आपका शुभ कलर है अंक दो आपका शुभ अंक है आपको ए नाम और एन नाम के अक्षरों से आज सावधान रहना पड़ेगा इनसे आज आप बचकर रहिएगा मिथुन राशि तो मिथुन राशि के जातक आज का राशिफल राशि भविष्य बेस्ट राशिफल आप लोगों के लिए क्या है तो आपके द्वारा किए गए काम आज आपके के मदद से पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं जी हां आज किस्मत आपके आगे आगे चलेगी अपने फायदे की आज आप चिंता करते हुए नजर आएंगे जरूरी भी है भाई अपने फायदे का कौन नहीं सोचता है कुछ नए और अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं जिन्हें आपको बिन समय गवाह मानना होगा आपके लिए दिन अच्छा रहेगा चंद्रमा आपको धार्मिक काम करने के लिए उपायेगा पूरा कॉन्फिडेंस जरूरी है के लिए आज आपको कुछ ज्यादा ही कोशिश करनी पड़ सकती है आज पार्टनर के साथ कुछ मूड खराब होता हुआ नजर आ रहा है इससे आज आपको अपने आप को बचाना है वही धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है मिथुन राशि जैमिनी के जातकों के लिए देखिए अब उपाय क्या करना है तो सबसे पहले तो आज कुछ मीठा खाकर तभी अपने कार्यक्षेत्र के लिए निकलिएगा दूसरा एक उपाय हम आपको बता रहे हैं। काल जल में एक चुटकी रोली डाल के अर्घ देना रहेगा। आपके लिए आज व्हाइट कलर शुभ रहेगा और अंक छे आपका शुभ अंक रहेगा आपको वी नाम और एस नाम के लोगों से बहुत अलर्ट रहना होगा आज के दिन कर्क राशि कैंसर आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है सुषमा सुषमा शर्मा जी जो है देखिए एक चीज हम आपको बता रहे हैं शादी नहीं हो रही है आपके भाई की तो उसकी जन्म कुंडली आप अवलोकन करवा लीजिए पहली चीज दूसरी चीज ये सेवा शुल्क के साथ है तो एक निश्चित शुल्क रखी है इस चीज के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है कार्यालय का उस नंबर पर आप फोन करिए हमारे जो असिस्टेंट है मिस्टर शिवम जी वो आपकी पूरी मदद करेंगे थोड़ा सा एक दो दिन का डिले हो सकता है हमसे बात करने में काफी ज्यादा व्यस्तता इधर चल रही है तो इसके लिए देखिए क्षमा प्रार्थी हैं आप कुंडली दिखा लीजिए 70 परसेंट आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आपके भाई की शादी हो जाएगी तो कर्क राशि के आज आपका दिन सामान्य रहेगा कामकाज में पूरा दिन निकल सकता है धैर्य रखें और लोगों की बातें ध्यान से सुने उनकी कुछ बातें आपके लिए काम की हो सकती है चुनौतीपूर्ण स्थितियां आज आपके हित में होगी आज किए गए काम आपके आने वाले दिनों में फायदा दे सकते हैं कुछ नए रास्ते आपके खुलते हुए नजर आ रहे हैं सुषमा शर्मा जी लिखती कुंडली नहीं है हस्तरेखा से भी काम चल जाएगा सोचे हुए काम पूरे नहीं होने से आज आपका मूड गड़बड़ होगा कोई नया काम शुरू ना करें आपके लिए दिन थोड़ा टफ हो सकता है कार्य क्षेत्र की स्थितियां आज आपका ध्यान भटका सकती है कर्क राशि के जातकों को तो आज आपके मन में भी तनाव हो सकता है आज आपको यज्ञो पवित्र का दान यज्ञो पवित्र जानते हैं ना यज्ञो पवितम परम पवितम जनेव जी हाँ जनेो इसका आज आपको किसी ब्राह्मण को जनेऊ का दान देना रहेगा पहली चीज और दूसरी चीज आज हाँ आज पीपल के वृक्ष में थोड़ा सा आप दूध चढ़ा दीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए पिंक कलर कलर शुभ शुभ है है अंक अंक 9 आपका नाम नाम और बी नाम के लोगों से आज आपको सचेत रहना होगा सिंह राशि की यदि हम बात करें आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है देखिए इतने लोग बयालीस लोग 45 लोग लगभग देख रहे हैं आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं ऐसा भाई क्या है अगर हमारा राशिफल ना पसंद आए तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं तो दर्शकों कुछ भी करिए लेकिन करिए भले आप डिसलाइक करिए लेकिन करिए और लाइक करिए तो कहना ही क्या क्या पूछना तो चलिए अब सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं सिंह राशि के जो हमारे जातक रहेंगे आज के दिन इनका भाग्योदय पूरी तरीके से जागृत होता हुआ नजर आ रहा है सिंह राशि के हमारे जातक आज कुछ नया करते हुए नया प्रयोग करते हुए नजर आएंगे जीवन साथी के साथ साथ साथ संबंध बहुत मधुर होगा इसके पार्टनरशिप में आज, आज आपको सावधानी रखने की जरूरत है अपने काम करने के तरीकों में थोड़ा सा बदलाव लाइएगा उच्चाधिकारियों से भरपूर आज आपको लाभ मिलेगा सिंह राशि के जातक को आज कोई नई जिम्मेदारी आप निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी परेशानियों भरा समय रहने वाला है और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा आज आपको कुछ परेशान भी कर रही है तो परिवार मान सम्मान परिवार में आज आपका बढ़ेगा करना क्या है आपको जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं देखिए सबसे पहले तो आज आपको जो है दुर्गा सप्तिक का सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना रहेगा दूसरी सबसे बड़ी चीज प्रातः काल जब आप जल्दी उठेंगे अपने दोनों हथेलियों के दर्शन करना क्राग्वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम ये मंत्र है सिंह राशि क्या बल्कि सभी राशियों के लोगों को प्रतिदिन प्राताकाल उठकर ये जरूर करना चाहिए क्रिया एक और चीज बताएंगे आपके लिए सिंह राशि के जो हमारे जातक हैं इनके लिए आज ब्राउन कलर लकी रहेगा और अंक दो आपका शुभ अंक रहेगा आपको आर नाम नाम और एम नाम के लोगों से आज बचकर रहना पड़ेगा अन्यथा बहुत तनाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है चलिए कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं आज का राशिफल राशि भविष्य कन्या राशि के जातकों के लिए क्या कहती है तो नए लोगों से आज मुलाकात आपकी संभव हो सकती है कुछ लोगों पर आज आपका गहरा असर पड़ेगा दूसरों की मदद करेंगे आसपास के लोगों की परेशानियां सुनेंगे आज नुकसान से आप बच सकते हैं आज आप अपनी प्लानिंग गुप्त रखें किसी से, से शेयर नहीं करें दिन की शुरुआत थोड़ी खराब होगी लेकिन शाम तक की स्थितियां यकीन मानिए बहुत अच्छी आपके फेवर में होती हुई नजर आ रही माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता आपको होगी तनापन आज आपको सताएगा लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है अविवाहिक लोगों को लव प्रपोजल मिलेगा शादी का रिश्ता नहीं कोई आज आपको प्रपोज करेगा कन्या राशि के को करना क्या है आपको? आज आज आपको हैजरंग को गुड़ और चना आपको चढ़ाना है और वहीं पर ये प्रसाद बांट देना है ग्रीन कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा अंक तीन आपका शुभ अंक रहेगा सी नाम आर नाम इन दो नाम के लोगों से आज आपको बचकर रहना रहेगा चलिए अगली राशि की ओर बढ़ते हैं तुला राशि लिब्रा आज का राशिफल राशि भविष्य बेस्ट राशिफल क्या कहता है तो 31 जुलाई 2018 के के राशिफल अनुसार तुला राशि वालों को आज अचानक से होता हुआ नजर आएगा शेयर मार्केट में कोई बेतहासा आपको जो है ऐसा कुछ आप बाई कर लेंगे कि आपको अचानक से लाभ पहुंचाएगा अगर आज आप किसी का इंतजार कर रहे हैं तो किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है कार्य क्षेत्र में आज आप पूरी ताकत से काम निपटाते हुए नजर आएंगे थोड़ा धैर्य रखिएगा आर्थिक तंगी खत्म हो सकती है अच्छे लोगों की संगति से फायदा होगा संतान से कोई अच्छी खबर मिलने का योग है कोशिशों से समस्याएं सुलझा सकते हैं किसी खास काम के लिए आज, आज आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं आज किसी से बात विवाद हो सकता है करना क्या रहेगा आज, आज आपको गणेश अथर्व का पाठ करके घर से निकलना रहेगा येलो कलर आपका शुभ कलर रहेगा अंक चार आपका शुभ अंक रहेगा आर नाम ई नाम और यू नाम के लोगों से आज आपको विशेषकर सावधानी बरतनी रहेगी चलिए राशि की ओर बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के जातकों आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है थोड़ा निवेश करने के बारे में यदि आज आप विचार कर रहे हैं तो कल डालिएगा निवेश के नए नए मौके आज आपको मिलेंगे किसी अनुभवी से भी आप सलाह लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दूसरों की परेशानियों से आप जितनी ज्यादा सहानुभूति रखेंगे आगे चलकर आपको उतना ज्यादा फायदा होगा स्थितियों के अनुसार काम करेंगे तो सफल होंगे आज आपकी कार्यक्षमता जी हां दर्शकों कार्यक्षमता बढ़ती हुई नजर आएगी कहीं से अचानक आपको कोई गिफ्ट ऐसा गिफ्ट मिलेगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गिफ्ट मिलेगा कि आप प्रसन्न हो जाएंगे सावधानी रखिएगा पैसा खर्च करने में बहुत ज्यादा चतुराई से आपको काम लेना है कंफ्यूज मत होइएगा आज के लिए उपाय की यदि हम बात करें तो सुंदरकांड का पाठ आपके लिए बहुत परम सौभाग्यशाली रहेगा दूसरी सबसे बड़ी चीज आपके लिए आज बैंगनी कलर शुभ कलर रहेगा अंक तीन आपका शुभ अंक रहेगा आपको जी नाम और टी नाम के लोगों से बचकर रहना होगा विशेष सावधानी इनसे बरतनी रहेगी तो चलिए धनु राशि सजिटेरियस आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं आपके लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा अपनी में सुधारने का मौका भी आज आपको मिल सकता है कुछ नए संबंधों की शुरुआत होने का योग बन रहा है विपरीत लिंग के लोग जरूर आपकी बात बातें गौर से सुनेंगे और आज आपको समझेंगे आपको उनका समर्थन मिल सकता है कुछ घरेलू उलझने आज आप सुलझा सकते हैं कई दिनों से रुके हुए काम पूर्ण हो सकते हैं पारिवारिक संबंध मधुर होंगे परिवार की चिंता और कॉम्पिटिशन रहेगा पैसा मिलने में जो रुकावटें आ रही वो खत्म होती हुई नजर आ रही है कुछ लोगों से बिना बात ही आज आपकी बहस हो सकती है इससे आज, आज आपको बचना रहेगा नहीं चाहते हुए भी कुछ कर्ज का योग बन रहा है धनराश के जातकों के लिए आज उपाय के तौर पर हम बताना चाहेंगे कि भगवान भोलेनाथ पर जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर तब आपको अभिषेक करना रहेगा एंटी करप्शन सेल लगता है चलिए किसी पुलिस वाले ने याद किया है आशीष जी प्रणाम नमस्कार जी तमाम कहते नहीं है कि हम पुलिस के लोगों को अपने इस चैनल पर नहीं लाएंगे तो पुलिस विभाग सेना से संबंधित तमाम लोग जो है हमसे जुड़े हुए हैं तो उन्हीं लोगों में से कुछ कमेंट आ रहा है तो दर्शकों दूध से अभिषेक करना होगा भगवान भोलेनाथ पर दूसरा आज शुभ कलर की यदि बात करें तो ऑरेंज कलर आपका शुभ रहेगा और शुभ अंक की बात करें तो अंक चार आपका शुभ अंक रहेगा आज आपको तीन आम और जेड नाम इन दो नामों से तीन नाम और जेड नाम इन दोनों नामों से आज आपको बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है मकर राशि राशि आज का राशिफल क्या कहती है तो समय अच्छा है कई क्षेत्रों में आज आप एक साथ सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं आगे बढ़ने के लिए आज आपको जीवन में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे वाहन दुर्घटना का योग है वाहन आज आपको सावधानी पूर्वक चलाना रहेगा चूंकि मंगल मकर राशि में इस समय केतु के साथ गोचर कर रहा है तो बहुत सावधान पूर्वक रहिएगा प्रेमी से अपनी भावनाएं जताने में आज बहुत हद तक आप सफल होंगे अविवाहित लोगों के लिए नए रोमांस के अवसर भी प्राप्त होते हुए नजर आएंगे यात्राओं का योग बन रहा है मेहनत से धन लाभ कमा लेंगे नए एग्रीमेंट या नए संबंध बनने की संभावना है। आज आप अपने मन की बात कहने में कुछ हिचकिचाएंगे बिना कहे आज आप किसी से अपने मन की बात बोल दीजिएगा बेहतर रहेगा अभी तक अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलता हुआ नजर आएगा आज गाय को थोड़ा सा रोटी और गुड़ खिला दीजिएगा दिन बहुत अच्छा जाएगा ब्राउन कलर आपका शुभ कलर रहेगा ब्लैक कलर भी आज के लिए आपका शुभ कलर रहेगा, अंक 6 आपका शुभ अंक रहेगा ए नाम और इस नाम के लोगों से आज आपको बचना रहेगा चलिए कुंभ राशि की और बात करें क्वाइट आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो जरूरी और रुके हुए काम कुंभ राशि जातकों को पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं उलझी हुई स्थितियां आज, आज आप संभालते हुए नजर आएंगे कुछ छोटे मोटे बात विवाद सुलझ सकते हैं आप अपना हित देखकर काम करेंगे बिजनेस में कोई नया फैसला आज आपको लेना पड़ेगा उच्चाधिकारियों का सहयोग आज आपको अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा फालतू खर्चों को लेकर आप टेंशन रहेगी यदि आप स्टूडेंट है तो एग्जाम में कुछ सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है लव लाइफ में कुछ तनाव हो सकता है प्रेम संबंधों को लेकर आज आपको बहुत सावधान रहने का दिन है तो कुंभ राशि के जातकों सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है और जल्दबाजी में कोई काम ना करें भाई बिजनेस है कुछ फायदा कुछ नुकसान होता रहता है पार्टनरशिप में बचिएगा पेपर पे साइन करने से पहले भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा फिर साइन करिएगा उपाय की यदि आज हम बात करें तो बरगद के पेड़ पर आज आपको जल में गुड़ मिलाकर चढ़ाना रहेगा और शुभ कलर की यदि आज हम बात करें तो आपके लिए सिलेटी कलर आज आपका शुभ कलर रहेगा अंक आपका शुभ अंक रहेगा और आपको जो है आपको ए नाम एल नाम और एम नाम इन तीन नामों से आज आपको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है आपको कोई हानि पहुंचा सकते हैं देखिए क्या क्या हम चीजें अपने राशिफल में समावेश कर रहे हैं अंतिम राशि की ओर चलिए बढ़ते हैं मीन राशि की बात करते हैं तो आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है मीन राशि के हमारे जो जातक मनी प्रकाश पांडे पांडे भैया प्रणाम मनी जी नमस्कार राम राम सभी लोग जो हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सभी को हमारा नमस्कार हमारा बहुत बहुत अभिवादन आपका अभिवादन इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं हमारी पुरानी भी वीडियो आप जाइए प्ले में हर एक वीडियो देख डालिए हर एक वीडियो देखिए और उसको अपने ग्रुप में शेयर करिए बता दीजिए कि भाई ये नहीं दबाए हुए हैं तो बेल आईकन बगल में जो घंटी बनी उस पर एक प्रेस मार दीजिए बस बहुत है ओम नमस् शिवाय देखिये हमको गुरु जी मत कहा करिए रेखा जी आपसे विशेष अनुरोध है आप भैया कह सकती है बहन तुल्य है आप हमारी तो गुरु रूजी मत कहा करिए कुछ हम अलग हटके हैं मेन राशि की और बात करें तो मेहनत और बुद्धिमानी से आज करियर में आज आपको ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी आज आपको किसी खास मामले में तुरंत कोई फैसला करना पड़ सकता ऑफिस में कंपटीशन बढ़ सकता आपकी कोशिशें हर समय दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में अपनी ओर सफल रहेंगे पार्टनर से सहयोग और आशा रखियेगा उलझे हुए मामले अपने आप निपटते हुए नजर आएंगे कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आज, आज आपको सफलता प्राप्त होने का योग है ज्यादा सोच विचार में समय ना गवाए तो अच्छा रहेगा अचानक परेशानी कुछ हो सकती स्वास्थ्य को लेकर रूटीन कामों में कुछ जोखिम हो सकता अपोजिट जेंडर वालों की तरफ आज, आज आप आकर्षित होते हुए नजर आएंगे जीवन साथी से सहयोग और कुछ गिफ्ट मिलेगा प्रेम संबंधों में आज बहुत मजबूती आएगी करियर के यदि हम बात करें तो ऑफिस या दुकान खरीदने का कोई योग बन रहा है कारोबार के लिए यात्राओं का योग है नौकरी में परेशानी कुछ हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए जो मीन राशि के हमारे देखने उनके लिए बहुत अच्छा दिन है पारिवारिक दृष्टिकोण की यदि हम बात करें तो परिवार से कुछ बात विवाद आज होता हुआ नजर आ रहा है मनी प्रकाश पांडे लिख रहे हैं भैया जी इलाहाबाद के बारे में मनी जी जब आएंगे तो अपने चैनल पर आपको सूचना दे देंगे हेल्थ की बात करें तो सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा डॉक्टर को दिखा लीजिएगा ठीक रहेगा चलिए उपाय के तौर पर आज हम बताई दे रहे हैं कि हनुमान चालीसा का आज, आज आपको 11 बार करना रहेगा और बंदरों को आपको भी आज गुड़ और चना डालना रहेगा मीन राशि के जो जातक हैं शुभ कलर की यदि हम बात करें तो आपके लिए येलो कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक एक आपका शुभ अंक रहेगा आपको टी अक्षर से पी अक्षर से और यू अक्षर से बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है मीन राशि के हमारे जो ये देख रहे हैं तो दर्शकों ये तो था देखिए हमारा मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल चलिए श्रावन मास में एक आपको हम विशेष प्रयोग बता दे रहे हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको करना क्या है तो सबसे पहले हनुमान जी की इसमें पूजा का आज विशेष महत्व है आज चमेली का तेल चढ़ाना और चमेली के तेल का दीपक जलाना और मक्खन का भोग लगाना हर प्रकार की मनोकामना सिद्धि आपकी पूरी करेगा तो जिनको भी अपनी कुछ बातें हनुमान जी से मनवानी हो तो चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान जी को लेप लगा दें चमेली के तेल का दीपक जला दीजिएगा और मक्खन का भोग आज आपको हनुमान जी को लगाना रहेगा तो दर्शकों आपको हमारा राशिफल कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा क्या इसमें हम और सुधार कर सकते हैं इसके बारे में भी आज आप बताते रहिए तो ठीक रहेगा आपके कमेंट का सुझाव देखिए एंटी करप्शन सेल से आशीष जी मेरा नाम प्रडीश पांडे है, आप द्वारा दिए गए सुझाव का मैं उपयोग किया जिससे मेरे जीवन में काफी कुछ बदलाव आया इसके लिए धन्यवाद तो प्रडेश पांडे जी एंटी करप्शन सेल में है एटीएस तो प्रणेश जी देखिए ये आपका विश्वास है प्यार है आशीर्वाद है इस चैनल को आप लोग परिपोषित कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उपाय से लोगों को लाभ होते हैं कमेंट के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं तो दीजिए दर्शकों अपने इस जोशी को इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार